इंडियन चिल्ड्रन एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को किताबी शिक्षा के के अलावा जीवन पहलुओं को भी बहुत ही सलीके से पढ़ाया जाता है इंडियन चिल्ड्रेन अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल बेड़ा ने बच्चों के लिए पर्यावरणीय पिकनिक का आयोजन किया जहाँ पर्वत झील और नदियों के संबंध में बच्चों को ज्ञान दिया गया पौधे शुद्ध हवा तालाब झील हमारे मित्र है ये बच्चों को बताया गया पर्वत प्रकृति की देन है जो किसी भी घटना जैसे तूफान आंधी से हमें बचाते हैं एवं प्रकृति सुंदरता के साथ पर्वतों से खनिज संपदा से हम परिपूर्ण होते हैं छात्रों को पर्वत के चारों तरफ और माँ दुर्गा के मंदिर का भ्रमण भी करवाया गया स्कूल के प्रमुख जेबी गुप्ता प्रधानाचार्य चंद्रकला अग्रहरी वरिष्ठ शिक्षिका कल्पना दुबे ईला पांडे आदि ने इस पिकनिक में बच्चों का मार्गदर्शन किया वो खबरें